और वीडियो तो तो को देखने के बाद लाइक कमेंट एंड शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी बीच में पहले आप इस वीडियो को वॉच करें आज का कर जो हमारा पहला फैक्ट है जो मैंने आज चूज़ किया है आप लोगों के लिए वो कोरोना बीमारी से रिलेटेड है क्योंकि कोरोना में हमसे हमारी सरकार ने और डॉक्टरों ने हमसे ये कहा था कि हमको हाथ धोने चाहिए पर इसमें आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिसका मेरे को नाम नहीं इसमें दिया हुआ इसलिए मेरे कोई मालूम नहीं है नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका नाम आपको ज़रूर बता दूँगा तो चलिए करते हैं इसके बारे में पड़ताल तो इसकी पड़ताल इन्वेस्टिगेशन में हमको ये पता पड़ा कि जिसे जिस डॉक्टर ने सबसे पहले बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने की सलाह दी थी लोगों ने उसे पागल खाने ही भेज दिया था आज कोरोना की वजह से वही लोग हाथ धो रहे हैं तो देखो ऐसा होता है जो लोग सही सलाह देते हैं उसको लोग गलत मान लेते हैं तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और आज का हमारा दूसरा फैक्ट है वो है अपने देश से तो नहीं पर जापान से ज़रूर मिलता है आपने बचपन में काउंटिंग जरूर पड़ी होंगी जैसे वन टू थ्री फोर है ना और इसी चीज़ को मैं आपको जापान के बारे में एक रिलेटेड फैक्ट बताता हूँ कहते हैं जो जापान में मंजिलें होती हैं ना उनमें क्या लिखा होता है पढ़िए इसमें ज़रूर तो इसमें लिखा जापान में चौथी मंजिल नहीं होती क्योंकि यहाँ पर तीसरी मंजिल के बाद पाँच आती है यहाँ चार शब्द को प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसे लोग अशुभ मानते हैं भैया चार सब दसों पर ध्यान रख ली वास्तव तुम तो उपयोग मत करिए ठीक है कभी चार लोग जा रहे हो तो एक बाद है बाज़ नहीं हमारा तीन मंथ तेरह मंथ जापान है मांता, मांता। जा भाई कछु ऐसा तो जापानीज कुछ भी कर सकते हैं ये तो इफेक्ट भी अच्छा है पर ज़्यादा हद हाँ तक मेरे को अच्छा नहीं लगा पर जो भी है सही है हमारे हमें इससे क्या तो चलते नेक्स्ट की तरफ अगर किसी के हाथ पैरों में दर्द होता है तो उसका क्या कारण है जो ये हमारा फैक्ट्री नंबर तीन में से लिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि आपके हाथ पैरों में बहुत जल्दी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कम उम्र में तो उसका सबसे पहला कारण है चाय चाय की वजह से होता है ये सब लोग और होता क्यों हैं चाय का असर सीधी हमारी हड्डियों पर पड़ता है जिसकी वजह से हमारी हड्डी होती है वो गलने लगती हैं कुछ समय के बाद और कम उम्र में ही हमारे शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब हम सोते हैं उस वक्त भी हमारे शरीर में दर्द होता है तो उसी का ही साइड इफेक्ट है ये चाय का साइड इफेक्ट है सुन लो जो चाय लवर होते हैं जिन्होंने चाय के बिना उनकी नींद ही नहीं खोलती बेचारों का क्या हुआ चलो कुछ भी हो हम चलते नेक्स्ट की तरफ अगर कैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है तो आप इसके बारे में नहीं बता पाओगे अगर मैं ये पूछूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है तो आप ज़रूर बता दोगी अमेरिका तो उसी की तरह से दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो जापान का है ये पासपोर्ट जापान का है और इसी पासपोर्ट के साथ आप करीब करीब 190 देशों में बिना भिजा के आराम से घूम सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इतनी पावर है इस पासपोर्ट में कि एक सौ देशों में हमें बिना भी के घूमने की इजाज़त है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ ये जापान का पासपोर्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल पासपोर्ट में से एक है आज का फैक्ट्री नंबर पाँच आते आते आपको इस फैक्ट्री नंबर पाँच के बारे में एक अनोखी कहानी सुनाऊँगा कि आपसे घर वाले कहते होंगे कि बेटा कहीं दूर तक थोड़ी दूर जा रहा है तो पैदल चला जा पर आप नहीं मानते तो होंगे आप कहते तो होंगे नहीं मेरे को साइकिल से जाना है बाइक से जाना है तो आज इसके मैं आपको फ़ायदे बता देता हूं कि इसके बाद आप ज़रूर पैदल नहीं जाएंगे मतलब बाइक से नहीं जाएंगे पैदल ही जाएंगे ऐसा क्यों तो चलिए करते हैं पहले नंबर इसके फ़ायदे की बात अगर आप एक वीक में 75 मिनट पैदल चलेंगे तो आपके दो साल बढ़ जाएँगे अगर आप एक वीक में करीब करीब 75 मिनट पैदल पैदल चलते हो तो उसके साथ आपके दो साल प्लस हो जाएंगे नेक्स्ट 120 मिनट एक वीक में पैदल चलने से आपका मस्तिष्क करीब करीब उसकी याददाश्त तीन गुना बढ़ जाएगी अगर आप एक दिन में 30 मिनट पैदल चलोगे तो आपके डिप्रेशन को 36 प्रतिशत कम कर देगा अगर आप प्रतिदिन साठ मिनट पैदल चलोगे तो आपका जो मोटापे का खतरा होता है ना जिन लोगों की तोंद निकल जाती है उनकी तंद आधी हो जाएगी तो यह आज के आपके फैक्ट थे आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से सपोर्ट तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद आई हो गया वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कहूंगा कि हमारी चैलेंज वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज यार उसको जाकर देख लो आपको पांच सौ सिलेबस करने तो अभी तो अभी तो ही नहीं हुए टाइम बहुत होने को आ गया है। और वीडियो भी नहीं आ पा रही है प्लीज प्लीज यार उस वीडियो को देखो लाइक कर दो तो, कमेंट कर दो तो, मैं भी लूंगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार